नमस्कार मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से करनाल आ, न्यूज 24 पे आपका स्वागत है देखिए डिब्बा बंद जूस कैसे घोल रहा है जहर लोगों के जहन में मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक फैक्ट में आपको बताता हूँ ये देखिए ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिब्बा बंद जूस पैक्ड जूस जिन्हें कहते हैं कैंट जूस और ये हमारी बॉडी हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन की कीमत करोड़ों रुपये से भी नहीं की जा सकती हम एक एक ऑर्गन के ऊपर कैसे पड़ता है मैं बताता हूं। ये जो जूस है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 100 इसमें जूस है। इसको अगर हम एक ग्लास जूस निकालेंगे किसी भी जूस का अगर एक गिलास लेते हैं हम तो इस बोटल में लिखा है पच्चीस परसेंट जूस है यह जो पूरा ग्लास है इसमें सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो फ्रूट का पल्प है बाकी सेवेंटी फाइव परसेंट क्या है देखिए सेवेंटी फाइव परसेंट क्या है ये बोतल है आपके सामने ये जूस है और इस पर बॉटल पर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स पे कि और किसी पे लिखा होता है 15% किसी पे 15% किसी पे 20% किसी पे ट्वेंटी तो बाकी सब शुगर है कलर्स है प्रिजर्वेटिव है फ्लेवर्स है और वो देते हैं बॉडी को नुकसान इसमें बड़े हैवी मेटल्स होते हैं हार्मफुल मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम जिंक आ, आ, मरकरी जो कि मेटर्स बच्चों के दिमाग का विकास नहीं होने देते बड़े चाव से बच्चे पीते हैं इसे टेस्टी बनाते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के और जो कैलोरीज मिलती हैं उससे होता है फैटी लीवर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं फैटिलिवर एस्ट उसे होता है उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है या किसी को डायरिया भी हो जाता है इसे पीसीओडी की समस्या होती है इसे सांस की दिक्कत होती है हमारी स्किन में झूनियाँ आती हैं ब्लैक जो काली झाइया हो जाती हैं ये स्किन की दिक्कत होती है बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर्स होते हैं एडिड कलर्स होते हैं तो इनसे बचने के लिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो शराब भी छुड़वा दी बीड़ी भी छुड़वा दी सॉफ्ट ड्रिंक भी छुड़वा दी और ये धीरे धीरे करके सारे डिब्बाबन जूस भी देखिए आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो सकता अच्छी बात नहीं है क्या नहीं फिर इसके बदले में? इसके बदले बदले में में जो सेफ हैं हैं एक तो नारियल पानी ले सकते हैं, फिर छाछ ले सकते हैं छाछ पानी ले सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 40 साल से जब भी नवरात्रि के व्रत रखते हैं एक हफ्ते के लिए तो केवल नींबू पानी लेते हैं चालीस साल हो गए उनको हम लोग भी फलाहार से व्रत रहते हैं लोग गोमूत्र पीने से तो कतराते हैं जो गोमूत्र है ये एक तरह की ये ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। बॉडी की शुद्धि करता है इसमें बड़े फायदेमंद तत्व मिलते हैं तो इसका उपयोग हम एक औषधि के रूप में जब सुबह पानी पीते हैं उठ के उसमें एक चम्मच डाल के ये लेंगे ये तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा गोमूत्र देखिये मैं भी कितनी आसानी से ले लेता हूं ऐसे और ये तो नुकसान देंगे ही देंगे तो इसलिए डिब्बाबंद चीज जूस खुद भी ना यूज करें और जो आयुर्वेद है जो आयुर्वेद की स्टैंडर्ड टेक्स्ट है ये तो बताती है कि जो भी बासी चीज है बासी भोजन है वो नुकसानदायक है उसी से हमें नुकसान होता है और उसी से तरह तरह की बीमारियां होती हैं ये जो जूसेज हैं जो सो क्वाल जूसेज हैं इनमें बेसिकली फ्रूट पल्प की चासनी होती है चासनी जिसमें कि जिसको उबाला जाता है जो फ्रूट पल्प है जैसे भी फल आते होंगे उस तरह के उनको फलों को पता नहीं किस क्वालिटी के फल मिलते हैं तो उनको उबाल के चाशनी बना के फिर उसको पैक किया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो जाए और फिर भी अगर इनको खुला छोड़ दो चौबीस घंटे के लिए इनमें से बड़ी गंदी स्मेल आती है कोई भी खुला छोड़ के देखे और फिर आयुर्वेद में तो बताया है कि जो चीज हमने प्रोसेसिंग जिससे कर ली वो 48 मिनट के अंदर कंज्यूम करनी चाहिए मैं 48 मिनट के अंदर कंज्यूम करनी चाहिए और ये तो कई कई हफ्ते तक कई महीने तक रखे होते हैं तो इसलिए ऐसी प्रिजर्व चीजों से ही अनेक जेनेटिक बीमारियां ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जो जेनेटिक डिसीज है क्योंकि इनमें इनमें जो फ्रूट पल्प है जो फ्रूट है उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खान करी जाती है तो उस छेड़खानी से जेनेटिक डिसीज होने के चांस रहते हैं ऐसे भी देखने में आया है मैं तो ऐसे ऐसे इशूज पे होते रहता हूं ये मेरा YouTube चैनल है जगदम्बा बीबी के नाम से मैं चाहता हूं कि हम मोटापे को डायबिटीज को ब्लड प्रेशर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं खान पान को सुधार के उसे लिए बड़ी सारी मेरी वीडियो है जब भी आपको उसमें मिले डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा YouTube पे ये मेरा सिल्वर बटन भी आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए आप नेचुरल लाइफ को अपनाएं क्योंकि मैंने जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है उसे मैंने फायदा उठाया है मैं पिछले दस साल से पंद्रह साल हो गए मुझे मैं मच्छरदानी में सोता हूँ और आराम से गर्मियों में मैं पंखा भी नहीं चलाता और फिर मैं पिछले पंद्रह साल से दो हम अपने खान पान ऐसे रखें तो बीमारियां हो नहीं सकती जैसे हमारी ये बिल्डिंग लगभग डिसीज प्रूफ बिल्डिंग है हम लोग हेल्दी है रहते हैं कई दशकों से हमारे घर परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ ऐसे आप भी हेल्दी रहेंगे अगर मैं तो पूरे कार्तिक के महीने जो पिछला कार्तिक का महीना जो कल को कंप्लीट हो जाएगा मैं कुरक्षेत्र तो डेली सुबह नहाने जाता हूँ सरोवर में सुबह साढ़े चार बजे डुबकी लगा के नहाता हूँ ठंडे पानी में आ, मैं हेल्दी रहता हूँ और मैं तो पीछे अभी साइकिल से पानीपत दीदी के पास राखी वाले दिन गया था रक्षा बंधवा के आया फिर भैया दूध पे भी गया उस दिन में साइकिल से गया सत्तर किलोमीटर साइकिल चलाई इतनी बॉडी एनर्जेटिक रहती है हेल्थी रहती है फिट रहती है मैं चाहता हूं कि आप भी इन चीजों को अपनाए और आर्टिफिशियल चीजों को छोड़कर प्राकृतिक भोजन सुबह शाम अगर हम लंगर जैसा खाना खाएंगे भंडारे जैसा खाना खाएंगे तो हंड्रेड परसेंट हम रेंगे, मेरे पापा 90 इयर्स की एज में 100 परसेंट हेल्दी है तो हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इंजेक्शन लगवाना पड़े दवाई ना खानी पड़े ऑपरेशन करवाना पड़े उसके लिए अगर हम नेचुरल खाने से हेल्दी रह सकते हैं ये है नेचुरल खाना देखिए है नेचुरल खाना इस आर्टिफिशियल खाने को बिल्कुल मना कर दें ये ना दें ना ले पिछले त्योहारों पे दिवाली पे और उसपे जितने भी ये गिफ्ट्स की गिवेन्ड टेक हुई है उसपे जो ये जूस बांटे गए हैं इनसे सबसे अब जो बीमार होने लोग मेरे पास आ रहे हैं तरह तरह के डॉक्टर के पास सबके पास जा रहे हैं और उसमें दवाइयां खाने हैं तो मैं चाहता हूं कि हम सब आगे के लिए सीख लें कि ऐसे डिब्बा मंची ना लें जिससे कि बच्चों को भी नुकसान होता है बड़ों को भी नुकसान होता है एकदम तो लगता है कि टेस्ट अच्छा है लेकिन बॉडी में जाके क्या नुकसान होता है वो तो फिर धीरे धीरे बाद में पता लगता है उसे फिर बीमारियां आती है तो मैं सबका एक बार दोबारा से आभार देना चाहूंगा कि सबने ध्यान से सुना मैं चाहता हूं कि सबको चीज स्प्रेड करें मैसेज सबको दें जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठे थैंक यू